देख लोरे तेख ले बोरे, तो के ले बोरे टिल छोड़ू देख लोरे कर ले रे हमारे से नहीं पहले रे अंजू तड़तड़ी कर ले रे जुमा दे पूछा है के मिले ले बोला है के हो या अपना लबर्ज धुर्वा ले रे मुकेतों के जाते गए रे मुझे ले रे हाय मुकेतों ever